जिंदगी तूने जीने को दी जो जी मैंने मुकद्दर में लिखा था पी तो पी मैंने मैं न पीता तो लिखा तेरा गलत हो जाता मैं न पीता तो लिखा तेरा गलत हो जाता तेरे लिखे को निभाया खता की मैंने तेरे लिखे को निभाया खता की मैंने